अबाउट साइज़ ऑफ़ सेल नंबर जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं ये एक लेकर जीरो पॉइंट थ्री माइक्रोमीटर तक का होता है अगर आपको माइक्रोमीटर नहीं पता तो हम बता देते हैं माइक्रोमीटर एक मिलीमीटर एक मिलीमीटर का एक हजारवा भाग कहना क्या आपको पता है हम इंसानों में पाए जाने वाला एक नर्व सेल दुनिया में जितने भी एनिमल हैं उन सब में पाए जाने वाला सबसे बड़ा सेल है और लास्ट में हम आपसे गुजारिश करेंगे सब्सक्राइब तो मिसल मेहनत करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें